आगे। आगे। मिलके भी हम नाम मुझसे न ना जाने क्यों मीरों जाने क्यों बन जाने सिलसिले तुमसे से न जाने क्यों सपने पल पलकों तले तुमसे से न जाने क्यों जब में तेरी सासे घुली तो फिर सुलगने लगे हसास मेरे मुझ मुझसे लगे खाबाह हाँ में तेरी आके जहा दो यू सुमटने लगे सलाब जैसे कोई बहने लगे खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहा अब होश में मखमली रात की होना सुबह व्यस्त व्यस्त tes kad ben the ha amosh aaye sanas ko awaaz de ke mujhe tu de ja sakoon पास हो के भी हो के भी है के भी अपने नहीं ऐसे है तुम को गिले तुमसे न जाने क्यूँ मीरोग जाने क्यों सर चाहक के हाथ सपने सज होता था पहले भी बड़ ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले